पटले पटके पागल मुझे बनाए पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए चाहे तब मन न करना ऐसे से तुम तेरे चुनरी ऐसा लगे कि बिन अंबर पे पे बिजली बिजली ये का ये है मैं मैं तुझ आज गिराऊ तुझको भर चुनरी तुझे बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म